हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी रखते हैं कंप्यूटर में इंटरेस्ट या नहीं या सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दोस्तों के साथ और सभी के साथ बहुत बढ़िया प्रेम कर सकते हैं और लोगों से वैस लगा सकते हैं वो लोग कहेंगे कि आपको कौन नाम का फोल्डर कैसे बनाना है कौन नाम हो गया यू हो गया बहुत से ऐसे फोल्डर्स हैं जिनका जो हमारे डेस्टॉप पर नहीं बनते हैं तो हम के बारे में आज वीडियो ले आए हैं दोस्त हमारा नाम आकाश कुमार है हमारे में आपका आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे फोल्डर आपको बना के दिखाएंगे कौन नाम का फोल्डर कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कौन और एंटर करेंगे तो ये कहता है दिस डिबल मतलब आप इस फोल्डर को नहीं बना सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फोल्डर होते हैं जिन्हें आप नहीं बना सकते जैसे कि पी हो गया ए हो गया एन हो गया कॉम जीरो हो गया कॉम वन से ले कर कॉम टाइम तक आप नहीं बना सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कॉम जीरो एंटर नहीं बन पा रहा है चाहे यहाँ पर लिखो कॉम तो भी नहीं बनेगा यहाँ पर चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी तो भी नहीं बनेगा तो इन फोल्डरों को आपको कैसे बनाना है तो यहाँ पे हम आपके लिए दो ट्रिक्स ऐसी बताएंगे जिनके माध्यम से आप ये सभी फोल्डर बना सकते हैं और सभी को एकदम हैच कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम आपके लिए बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमारे स्क्रीन पर आपके लिए कोड दिख रहा होगा उस कोड को आपको टाइप करना है वो कोड है आर्ट के साथ आपके लिए दबाना है दो जगह यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन और एंटर बन गया ना कोड और बन गया ना जैसे कि हमसे आपके लिए एक न्यू फोल्डर और लेके दिखा रहे हैं इसमें आपके लिए फिर से हम लगाएंगे आर्ट दो यहाँ पर आपके लिए क्या टाइप करना है न, मैंने क्या बताया था अगले लिए ठीक है पी आर एन यहाँ पर टाइप करना आपके लिए देखो पी का भी फोल्डर बन गया है यहाँ पर आप कोई सा भी ऐसा फोल्डर हो सब बना सकते हैं दूसरा ट्रिक क्या है वो भी हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं वो भी हमारा बहुत आसान तरीके से उस कोड को भी यूज कर सकते हैं अगर आपको नहीं रहता है क्या कोड है आर्ट के साथ आपके लिए आर्ट के साथ आपके लिए दबाना होगा यहाँ पर जीरो एक सौ साठ जीरो से भी यहाँ इस फोल्डर को बना सकते हैं जैसे कि हम बना के दिखा रहे हैं Aux. Aux नाम का फोल्डर नाम बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको भी फोल्डर हुआ चाहे कॉम बन हुआ जैसे हम आपको कॉम बन करके दिखा रहे हैं तो हमें दिखाएंगे जीरो को यूज करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे हमने हमने पे क्या बताया था कॉम कॉम है ना तो जी, जीरो का भी फुल बहुत आसान तरीके से बना सकते क्योंकि ट्रिक्स ट्रिक्स तो हम ऐसी बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एम सब्सक्राइब करें तो हम चलते हैं जय हिंदो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया